हेलो दोस्तों स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल पी के एम पर तो दोस्तों आज हम लोग देखेंगे झारखंड जीके से झारखंड का इतिहास से बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कौ। तो दोस्तों हम लोग देर ना करते हुए क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन बौद्ध धर्म का कौन सा है तो दोस्तों इसका पहला क्वेश्चन दिया है देख सकते हैं झारखण्ड के दियापुर दालमी नामक आस्थान से बौद्ध स्मारक प्राप्त हुए हैं यह स्थान किस जिले में अवस्थित है ठीक है देखिये झारखंड के दियापुर और दालमी नामक स्थान पर बौद्ध का स्मारक प्राप्त हुआ है यह स्थान झारखंड के किस जिले पर अवस्थित है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी धनबाद ठीक है आगे बढ़ते हैं देखते हैं अगला क्वेश्चन तो देख सकते हैं आगे दिया है झारखण्ड के नेम में से किस आस्थान का संबंध बौद्ध धर्म से है झारखंड में कौन सा स्थान है जिसका संबंध बौद्ध धर्म से है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मूर्ति मूर्तिया गांव का संबंध बौद्ध धर्म से है आगे बढ़ते हैं देखते हैं अगला क्वेश्चन तो दोस्तों आगे दिया देख सकते हैं फायान द्वारा हजारीबाग के निम्न में से किस स्थान से प्राप्त बोध बिहार का उल्लेख किया है ठीक है फायन जो था वो हजारीबाग के किस स्थान से प्राप्त बौद्ध बिहार का उल्लेख किया है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सीतागढ़ पहाड़ के ठीक है सीतागढ़ पहाड़ आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन तो दोस्तों देख सकते हैं आगे दिया है झारखंड सॉरी झारखंड के किस किसान से भगवान बुद्ध की चार आकृतियां वाली एक स्तूप मिली है आकृतिया झारखंड के कौन सा स्थान से भगवान बुद्ध की चार आकृतियां वाली एक स्तूप मिली है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हाड़ हजारीबाग यहाँ यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है पहाड़ कौन किस जिले में है तो बोले बौद्ध की परिस्तर मूर्ति मिली है ठीक है हजारीबाग के कौन अस्थान से बोध की परस्तर मूर्ति मिली, मिली है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सूर्य नामक स्थान से बौद्ध की मिली है। देख सकते हैं दोस्तों बंग सॉरी बंगाल के पाल शासकों के शासन के दौरान झारखंड में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय विकसित हुआ है ठीक है बंगाल के पाल शासक जो था उसके शासन काल के दौरान झारखंड में बौद्ध का कौन सा संप्रदाय विकसित हुआ है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बज्रयान ऑप्शन नंबर बी बज्रयान आगे देखते हैं निम्न में से किस आस्थान से भगवान बुद्ध की एक खंडित प्रतिमा प्राप्त हुई है कौन सा आस्थान से भगवान बुद्ध की एक प्रतिमा वाली खंड खंडित प्राप्त हुई है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घोलमारा ऑप्शन नंबर सी घोलमारा ठीक है आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन तो आगे देख सकते हैं दोस्तों दिया है गुमला के जिले जी, के किस आस्थान से भगवान बुद्ध की एक प्रति मिली एक प्रतिमा मिली है ठीक है गुमला जिला के कौन सा स्थान से भगवान बुद्ध की एक प्रतिमा मिली है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए ठीक है कटुंगा कटुंगा गांव से मिली है भगवान की एक प्रतिमा ठीक है भगवान बुद्ध की एक प्रतिमा मिली है कटुंगा गांव से कौन सा जिले में है कटुंगा गांव गुमला जिले में है ठीक है आगे देखते हैं जमशेदपुर के किस गांव से भगवान बुद्ध की एक दो प्रतिमा मिली है जमशेदपुर के कौन सा गाँव है जिसमें भोगन बुद्ध की दो प्रतिमा मिली है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पटंबा गांव ठीक है जमशेदपुर जमशेदपुर में में है है कहां पर है? पर यहां की दो प्रतिमा मिली है ठीक है पटंबा गांव में आगे बढ़ते हैं देखते हैं अगला क्वेश्चन तो आगे दिया है दोस्तों देख सकते हैं खोटे जिला के किस आस्थान से बौद्ध बिहार का अवशेष प्राप्त हुए है खोटी जिला के कौन सा स्थान से बौद्ध बिहार का एक अवशेष प्राप्त हुआ है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर नंबर बी बी ठीक है ऑप्शन बेलवादग गांव से बौद्ध बिहार का एक अवशेष मिला है तो बेलवादग गांव किस जिले में स्थित है तो खूंटी जिले में स्थित है याद रखिएगा पलामू जिले के किस स्थान से एक सिंह शीर्ष प्राप्त हुआ है जो सांची स्तूप के दौरान द्वार दो, दौर पर उत्तर शीर्ष में मेल खाता है ठीक है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी मूर्तिया गांव ठीक है कहा पर है पलामू जिला में है ठीक है आगे बढ़ते हैं देखते हैं अगला क्वेश्चन देखिये अगला क्वेश्चन झारखंड के किस आस्थान से बौद्ध देवी तारा की मूर्ति प्राप्त हुई है ठीक है देखिये झारखंड के कौन सा स्थान से बोध देवी ठीक है तारा ठीक है बौद्ध देवी का नाम क्या था तारा बुद्ध देवी तारा की मूर्ति प्राप्त हुई है तो कौन सा स्थान से झारखंड के कौन सा स्थान से बौद्ध देवी तारा की मूर्ति प्राप्त हुई है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ईचागढ़ स्थान पर बौद्ध देवी तारा की मूर्ति प्राप्त हुई है आगे देखिए झारखंड राज्य के किस में, किस जिले जिले में से और बौद्ध स्मारक प्राप्त हुई है, ठीक है? ठीक झारखंड राज्य के किस जिले में दालमी और बुधपुर बौद्ध स्मारक प्राप्त हुई है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी धनबाद जिला के धनबाद जिला के धनबाद जिला में दालमी और बौद्धपुर बौद्ध स्मारक प्राप्त हुई है ठीक है आगे देखिए अगला क्वेश्चन धनबाद में स्थित प्रसिद्ध बौद्ध स्थल दालमी निम्न में से किस नदी के किनारे अवस्थित है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दामोदर नदी के किनारे दालमी स्थित है बौद्ध स्थल ठीक है आगे देखिए अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देख सकते हैं धनबाद में धनबाद में स्थित बुद्धपुर नामक प्रसिद्ध बौद्ध स्थल निम्न में से किस नदी तट पर अवस्थित है तो इसका भी राइट right आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी दामोदर ही होगा देखिए दोनों आ, का दालमी और बौद्ध स्थल ठीक है ये बुद्ध बौद्ध बुधपुर बुद दालमी और बुद्धपुर दोनों क्या है बौद्ध स्थल है यह दोनों दामोदर नदी के किनारे अवस्थित है ठीक है याद रखिएगा तो दोस्तों देख सकते हैं अगला क्वेश्चन दिया है देखें झारखंड के धनबाद में अवस्थित बुद्धपुर नामक बौद्ध स्थल निम्न में से कौन सा मंदिर कौन सा मंदिर निर्मित है ठीक है झारखंड में झारखंड के धनबाद में अवस्थित बौद्धपुर नामक बौद्ध स्थल कौन निम्न में से कौन सा मंदिर निर्मित है ठीक है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बुद्धेश्वर मंदिर ठीक है बुद्धेश्वर मंदिर अवस्थित है आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया है सरकेला खरसुआ के इचागढ़ से प्राप्त बौद्ध देवी तारा की मूर्ति मूर्ति को निम्न में से किस संग्रहालय में रखा गया है ठीक है सरयकेला और खरसा इचागढ़ से प्राप्त बौद्ध देवी तारा की मूर्ति स संग्रहालय में रखा गया है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रांची संग्रहालय में रखा गया है आगे देखते तो देख निम्न में सेवेश के, के उपरांत झारखंड में बौद्ध धर्म का हरास प्रारम्भ हो गया था ठीक है कौन सा शासक के प्रवेश के द्वारा द्वारा झारखण्ड में बौद्ध धर्म का हरास प्रारंभ हो हो गया था ठीक है मतलब उसका हरास शुरू हो गया था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कुमार गुप्त ठीक है कुमार गुप्त तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अभी तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें थैंक यू थैंक्स फॉर वॉचिंग